होगा में है आपका ऑप्शन है ए भारत बी फ्रांस डी जापान. बी क़ुतुब मीनार, किलातुब मीनारहल इंडिया गेट आपका सही जवाब होगा बी कुतुब मीनार आपका अगस्त सितंबर, सितम्बर आपका सही जवाब होगा आपका अगला जवाना है नौ निर्मो जवाब होगा सी असम आपका सवाल है देश का पुरुष किसे कहा जाता है आपका ऑप्शन है सरदार पटेल बी जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी लोकमान्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका सही जवाब होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक आपका अगला सवाल है तेरह आदि का ऑर्डर जीवन काल कितना होता है आपका ऑप्शन है ए 45 वर्ष बी 50 वर्ष चीता आपका अगला सवाल है 15. भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है आपका ऑप्शन है कश्मीर में बी छत्तीसगढ़ में सी मार्सिंग जवाब होगा सवाल अठारह छुड़ाना मुकाबरे का सही अर्थ क्या है आपका ऑप्शन है ए, क्रिकेट के खेल का एक नियम बी परेशान करना सी हराना घायल करना आपका सही जवाब होगा सी हराना आपका अगला सवाल है उन्नीस आपका आप भारत आप तो के वर्तमान प्रधानमंत्री हरियाणा आपका समाज